इस रोड से दहली है 275 मनोहरपुर 62 और भानगढ़ 29 भरतपुर से एक किलोमीटर भानगढ़ पड़ता है तो पुल से उतर के आपको वापस नीचे की तरफ जाना है भानगढ़ इधर दौसा इधर और धर्मपुरा सीधा और इस रोड पर थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ेगी बाइक क्योंकि छोटे मोटे गड्ढे हैं इस पे बरगद के पेड़ हैं काफी पुराने पेड़ हैं ये जो आपको एहसास कराते हैं कि हाँ आप भानगढ़ जा रहे हैं जिला अलवर अलवर 93 राजगढ़ 53 तहला 30 चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ों के बीच में वाहनगढ़ है ये है टहला यहां दे रहे हैं हम वाहनगढ़ सामने दिख लिया है मुझको यहाँ पर शायद एंट्री है और ये भीड़ इकट्ठी हो गई यहाँ पे देखने के लिए कौतूहल बन गई हमारी बाइक और लोग वहाँ खुश हमारी लाडो खुश और हम भी खुश और ये सामने भानगढ़ का गेट 10 10 रुपए यहाँ एंट्री तो so एक्चुअली हम भानगढ़ के किले में प्रवेश कर चुके हैं टिकट हमने ले ली है अब अंदर जाएंगे ड्रोन उड़ाना है यहाँ अलाउ नहीं है चलिए तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं तो आंटी आगे जा रही है मैं कह रहा आंटी जी यहाँ से तो कुछ नहीं है लेकिन ऊपर चल के जब आप पहुँचोगे तो वहाँ पे अकेले में चढ़ाई है चाहे कर वहाँ कुछ नहीं है यही है चढ़ाई देखते हैं कौन सही है लंगूरों के बीच में भयंकर लड़ाई हो रही है वैसे एक्चुअली क्या है ये मैंने जो सुना है पहले मैं आपको फिर बता देता हूँ ये बाज़ार हुआ करता था ये देखो अब आपको पता चलेगा आगे मैं दिखा देता हूँ बाजार है स्ट बहुत है आपको मेरी आवाज़ साफ सुनाई दे रही होगी और अभी हम मार्केट नहीं निकल रहे हैं आगे चल के गेट आएगा और ये भानगढ़ महल में हम एंट्री करते हुए तीन गेट है तीनों को जाली से बंद कर रखा है बस एक छोटा सा गेट खोल रखा है अब ये देखो, लो यहां से एंट्रेंस गेट है इससे बानगढ़ का नजारा इस तरीके का है कुछ लोग आग इन्जॉय कर रहे हैं हालांकि मौसम थोड़ा सा गर्म हो गया है लेकिन कोई नहीं एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को बढ़िया तरीके से करेंगे और अब जो फ़ोर्ट का मेन गेट है वो आ रहा है और यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल में क़िला जो है और वो दिखाऊंगा मैं आपको वैसे जाता तो टूटा फूटा है कुछ पार्ट है जो अभी भी थोड़ा सा सेव है यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पे लिख रहा है देख लो आप महलिस और ये पैलेस का गेट यहाँ से हम स्टार्टिंग महल और ये मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ एंसन साइड भानगढ़ तो ये पॉज करके आप पढ़ लेना हाय और ये लोग जाते हुए भानगढ़ के किले को देखने के लिए बिल्कुल किले पर चढ़ते हुए, पर पर पर चाड़ते हुए।, चाड़ते हुए। <laughs> क्या बात है तो एक्चुअली अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है ज़्यादा नहीं है नॉर्मल चढ़ाई है ऐसा आप परेशान ना होना कि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है और अब चढ़ाई करते हैं स्टार्ट एक वैसे देखा जाए तो अभी एक तो यहीं पर है अब पता नहीं है क्या है लेकिन अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है गंदगी भरी बड़ी है चढ़ाई ज़्यादा नहीं ठीक है पर हाँ मज़ा आएगा चढ़ने में देख लो जी चढ़ाई और साहिल हमारा ब्लॉगिंग करता हुआ हाँ इसके चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा मैं ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कर लेना अच्छी ब्लॉगिंग चल रही है कोशिश पूरी है कुछ आप लोगों को दिखाने की देखो एक, एक ये गुफा है एक गुफा ये है पता नहीं अंदर कुछ है या नहीं है लेकिन एक रास्ता ये भी है आगे पता नहीं कहाँ जा रहा है हम नहीं जाएंगे इसको बस सिर्फ आपको दिखा दिया है भगवान करे बारिश हो जाए भाई साहब भी खुश हो जाए हम भी खुश हो जाए अच्छा मौसम धूप धूप बढ़ गई है सुबह घर से चले थे जब बड़ा सुहावना था मौसम अब हमारे मौसम ने ले रखी है ढंग से ये सारा पीछे का एरिया है किले का बहुत ही खूबसूरत अभी तक सेफ है और ये शायद जालियाँ इन्होंने बाद में लगाई क्योंकि ये कुछ गिर नहीं जाए थोड़ा सा उस तरीके से भैया बता रहे हैं महल बंद कर दिया है इस एरिए में शाम के टाइम पे जब बंद कर देते हैं तो ये सारे गेट्स वगैरह लॉक कर देते हैं ये वाले भी हाँ अच्छा हाँ और यहाँ आपको अंदर बता ऐसा फील आएगा ब्लड की स्मेल आएगी अच्छा हाँ डरा रहा है मुझे डरा नहीं रहा हूँ मैं एक्चुअली नहीं हो सकता है बता रहा आप जैसे भी लोग कहते हैं उस हिसाब से ये जो गेट लगे हुए हैं ऊपर जो आप देख रहे हो आ, ये गेट शाम को बंद कर दिए जाते हैं ऐसा बताया जा रहा है और यहाँ से यहाँ पर रात को ब्लड की कोई स्मेल वगैरह भी आती बताई काफ़ी रास्ते हैं इसमें अंदर घुसने के और खंडर है अभी फ़िलहाल महल अभी तक और ऊपर चल के देखते हैं ऊपर अब चढ़ाई और ज़्यादा है और गर्मी अपने तेवर दिखा रही है कुछ लोग तो ऊपर तक जा रहे हैं कुछ लोग रस्ते में से लौट के आ रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से महल को समझने की कोशिश कर रहे हैं बढ़िया है। नज़ारा बढ़िया थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो जाता तो और मज़े आते और अब देखो ये सीढ़ियाँ हैं जो अंदर की तरफ जा रही हैं और यहाँ से खूबसूरती देखने लायक है अब मैं आपको ऊपर जा के अभी नहीं दिखाऊँगा ऊपर जा के कि खूबसूरती कैसी है और पिछली वीडियो में यहीं पर एक मुझे छोटा सा बच्चा मिला था वो कह रहा था इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं होता है और वो थोड़ा सा एक फनी पॉइंट था साहिल की दम फूल रही है स्मेल बहुत ज़्यादा है स्मेल वास्तव में बहुत ज़्यादा है चढ़ाई ऐसी कोई खास नहीं है ये देखो अब यहाँ पर आ गए हैं तो हम आ चुके हैं इस महल के भानगढ़ का जो किला है इसके टॉप पर और यहाँ से व्यू बहुत ही शानदार है यहाँ से आपको इसकी पूरी बाउंड्री जो है इस किले की दीवार है जो वो सारी दिखेंगी कुछ खंडर है कुछ बना हुआ है दुनिया भर की इसके पीछे कहानियाँ हैं और वो कहानियाँ आप गूगल कर लेना तो उस पर भी आपको पता चल जाएंगी लेकिन जो सुनने में आया है वो पहले भी बताया था मैंने पिछली वीडियो में उसकी लिंक भी डाल दूंगा उसमें तो वास्तव में बहुत थोड़ा सा हमारे संग भी कोई ड्रामा हो गया था वो आप देख लेना अब बात में थोड़ा सा ट्रेस्ट ये है कि साहल तो कह रहा है ड्रोन उड़ा दो मैं कह रहा हूँ सोच ले ये कह रहा है उड़ा दो गाइड फाइड कोई नहीं है उड़ा दो और उतार लेना कौन देख रहा है पता भी नहीं लगेगा आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं कुछ भी आप मत सोचना सपोर्ट करना कि आपके लिए हम पहले हम बंदे होंगे जो आपको ड्रोन से भानगढ़ का भानगर फोर्ट का दिखाने वाले दिखाने वाले आज तक जितनी वीडियो देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा लेकिन हम यहाँ से कोशिश करते हैं भानगढ़ का फोर्ट ड्रोन से दिखाने पसंद आए होंगे पहली बार भानगढ़ भे पर किसी ने ड्रोन उड़ाया है तो वो आपके भाई ने उड़ाया है पसंद आए होंगे तो अगर पसंद आए हों तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना बड़ी मेहनत लगी है इसको आ, उड़ाने में तो चलिए फिर अब यहाँ से निकलते हैं एक छोटू मिला हमको बहुत बढ़िया ये कह रहा है कुछ ना कुछ है ये सब लोग कह रहे हैं कुछ ना कुछ है okay. इन सभी से लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा बहुत सपोर्टिंग नेचर के और दोसा के हैं एक्चुअली पास के हैं और ये भी एंजॉय कर रहे हैं हम भी इंजॉय बहने है। पर और आपको अच्छी जगह आना चाहिए सब आ रहे हैं लोकल लोग आ रहे हैं तो बाहर से तो आना ही चाहिए चाहे यहाँ कुछ है या नहीं है लेकिन यहाँ पर प्रकृति बहुत सुंदर है देखने लायक चीज सबसे बड़ी बात ये थोड़ी सी गर्मी हो गई है बरसात हो जाए तो मजा और भी आ जाए चलिए फिर नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं लाइक like करो, और ये दूर से बड़ी शानदार लग रही है लेकिन ये जो भाई साहब बैठे हैं इन्होंने डरा दिया किसने पास चला जा रहा है हम नहीं जाएंगे हम भाई उनकी बात मानेंगे <laughs> देखो ऐसे ही इस तरीके से ये जगह सही है नारायण भैया ये जगह सही है ऊपर दीवार पड़ी तो है। ये भैया भैया कह रहे थे को उड़ा दूं क्या? ना ऐसा मत करो को मत उड़ाओ नहीं तो दिक्कत होगी तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते बात ये है हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते इसीलिए हम नहीं उड़ा रहे हैं चलिए तो अब नीचे चलते हैं धूप काफी तेज हो रही है तो आज के ब्लॉग में आज की राइड में आज की विजिट में और आज के दिन मेरे संग हुए दो कांड पहला कांड तो हो गया मानपुर पर जो निशानी दे गया है ये देख रहे हो आप छाला हो गया तो हो गया क्या करें और दूसरा कांड ये पहर का जो जूता है ना ये गया फट तो भाई कोई बात नहीं है पार्ट ऑफ जर्नी अच्छा अब इस किले के बारे में तो क्या बताऊँ मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाली हुई है और आई बटन पे जाके आप क्लिक करके देख लेना भानगढ़ का रहस्य थोड़ा सा ब्रीफ में तो नहीं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ इस किले में एक महारानी रहा करती थी काफ़ी सुंदर थी एक साधु का उस पर दिल आ गया ये कह सकते हैं तो वो जो इत्र बाज़ार से मंगाया करती थी उस इत्र को उसने मंत्र से भेज दिया रानी के पास रानी ने वो जो इत्र की बोतल थी उसको पहचान लिया कि ये मंत्र से पड़ी हुई है उसने उसे पत्थर पर दे मारा पत्थर सीधा गया तांत्रिक के पास और तांत्रिक को कुचल दिया तो ये फिर तांत्रिक मरते मरते कुछ यहाँ पर शराब दे गया जिससे ये महल जो है तहश हो गया था और बाकी आप गूगल कर लेना आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी मेहनत है और हम घर से ही निकले थे ना जब मौसम बहुत ऑसम था लेकिन गर्मी बढ़ गई है धूप बढ़ गई है और अच्छी बात यह है कि लोगों में इतना उत्साह है यहाँ पर कि लोग यहाँ पर भी विजिट करने आते हैं किले को तो मेरे पीछे आप देख रहे हुए ये सारा किला है और यहीं पर कभी हिस्ट्री हुआ करती थी जो आज खंडर में तब्दील हो गई है ये देखो ये काफ़ी पुराना बरगद का पेड़ है ये भी अपनी एक कहानी बयां करता है और सारा चारों तरफ से ग्रीनिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना साहल के चैनल की लिंक मैं डाल दूंगा उसमें जाके उसके चैनल को भी सब्सक्राइब करना काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भरतपुर में पहली बार कोई इतनी मेहनत करके आपको वीडियो दिखा रहा है कुछ चीज़ें ऐसी दिखा रहा है जो अनएक्सप्लोर्ड हैं कभी आप आए भी नहीं हैं सुनाई सुनाएँ तो कहना चाहूँगा इसके लिए में कुछ तो है और आज काफ़ी लोग ऐसे भी मिले जो कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पर रात को जब आप जो इनके अंदर जगह है ना काफ़ी गहरी वहाँ पर ब्लड की खुशबू भी आती है और एक जगह तो हम ऐसे घुस गए वहाँ जब अंदर घुसे तो सामने तो कुछ नहीं दिख रहा था अच्छी खासी जगह थी लेकिन जब ऊपर देखा तो दुनिया भर की चमकादड़ उल्टी लटकनी थी मैं तो भाग गया साहिल फंस गया साहिल वाले छोड़ के भाग गए <laughs> मैंने कि मैं डर गया तो मैं कि डर पहले भागता है तो मैं भाग गया तू आ जा हालाँकि उनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि हम नेचर को डिस्टर्ब नहीं करते अगर डिस्टर्ब करते तो हो सकता है वो चपक जाती कोरोना वैसे फल रहा है और वो भी पता चला से फैल रहा है तो ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे तो अब यहां से निकलने का टाइम हो गया है नेक्स्ट को यहीं से दोबारा बाहर से स्टार्ट करेंगे तो निकलते हैं और सीधा मिलते हैं हम बाइक पे क्योंकि थोड़ी सी भूख भी लग रही है कुछ प्यास भी लग रही है और ये छाला मुझे दुखी कर रहा है इसने दुखी कर लिया क्योंकि अब मैं जिम में जब भी हाथ डालूंगा ना तो ये फूट जाएगा वो सबसे बड़ी मेरे लिए समस्या की बात है और ये छोटे छोटे नन्ने मुन्ने बच्चे भाई बंधु इनका प्यार आज तुमको मिला है और ये बहुत अच्छे लड़के हैं तो छोटू एक बार फिर बता दे तू कुछ है यहाँ पे ये, ये पीछे पड़ा हुआ है मेरे के कुछ है क्या है मैंने तो देखा नहीं लेकिन कुछ लोग देखा किसी ने नहीं, नहीं, नहीं बोलते सब है लेकिन वास्तव में कुछ है ऐसे ही कोई तहस नहस नहीं हुआ है हिस्ट्री इसके पीछे है गूगल कर लेना आपको मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना काफी मेहनत तो यहाँ लेकिन तो कभी नहीं देगा क्योंकि इतना ग्रीनिश है और चारों तरफ पहाड़ों से गिरा हुआ है एरिया बहुत शानदार है और ये बच्चे भी कह रहे हैं सब्सक्राइब करके जाना और प्यार बना के रखना तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेकर बाय लव यू ऑल लव यू ऑल